करेंगे कि डेटा समराइजन विद टेबल कैसे होता है किसी भी डेटा को अगर समरी क्रिएट करना है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा टेबल टेबल होता है की मदद से ही क्योंकि जब ऑफिस में रिपोर्ट बनते हैं, बनाते हैं तो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डेटा होती है को किसी ना किसी एंगल पर हमें समराइज करना होता है जैसे मंथली रिपोर्ट आपने निकाला तो उसको आपको मंथली समरी क्रिएट करके उसके बाद जो बाकी कैलकुलेशन वगैरह करना है वो आप करते हैं तो मैं यहाँ पे पीवर टेबल लगाना चाहता हूँ बट पीवर टेबल लगाने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए अगर हेडिंग ब्लैंक है तो पीवर लगेगा ही नहीं डेटा को अच्छे से समझ ली डेटा क्या है और आपको चाहिए क्या तो मुझे चाहिए कि किस पर्सन ने किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल किया है और कितना रेवेन्यू जनरेट किया जस्ट ये जानना चाहता हूं तो मैंने अब इसको भी डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास पूरी के पूरी ब्लैंक रो है तो तो यहां इंसर्ट पे आते हैं पिवट टेबल एंड ओके कर उसके बाद हमने नेम को उठा के रो में रख दिया तो नेम यहां आ गए अब डेटा में आप देखेंगे आपका जो दे नेम है वो काफी बड़ा है यहाँ तो नेम जो है काफी व रिपीटेड है बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल आया तो मुझे यहाँ क्वांटिटी यहाँ लिख काउंट ऑफ क्वान्टिटी आया मुझे काउंट नहीं चाहिए मुझे सम चाहिए तो मैं यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाऊँगा और इसको सम कर हमारा सम हो गया उसके बाद मैं क्या चाहता हूं यहां कि आ, मुझे ये हां पता चल जाए कि किस सिटी में कितना सेल हुआ है तो सिटी उठा के हमने कॉलोनी में रख दिया तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया बट यहां एक प्रॉब्लम है मुझे अमाउंट का टोटल भी चाहिए रेवेन्यू भी चाहिए तो अमाउंट को मैंने क्वान्टिटी में रखा समय अमाउंट तो यह देखिए क्या हो गया पुणे और इसके सम क्वान्टिटी समय अमाउंट ऐसे मान लीजिए मैं तीन चार ऑप्शन रखूंगा तो तीन चार ऑप्शन यहां क्रिएट क्रिएट हो जाएंगे राइट मैम तो मैं ऐसा ना चाहते हुए सिटी को उठा के मैं रख देता हूं किस में रोज में तो इस तरह से हो जाएगा ए प्लस माइनस का निशान आएगा। मीनि एक्सपेंड इसको बोलते हैं यहां पे आपको एक्सपेंड कर सकते हैं तो नेम वाइज टोटल आ गया जिसको मान लीजिए मनीष का मुझे चाहिए किसी सिटी में क्लिक करना है तो इस पर वो कर सकता है इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं यहाँ पे उसके बाद मैं एक्सपेंड करता हूँ अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे एक ही कॉलम में सी होगा और एक ही कॉलम में नेम होगा तो प्रॉब्लम होगा क्यों कि जब इसको मैं कॉपी करूँगा किसी सीट पे बेस्ट वैल्यू करूंगा क्योंकि हम कुछ लोग जो है पीवर टेबल एज ए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं पीवर टेबल जो है एज ए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि ऐसा यहां ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम पीवर टेबल को अलग रखना चाहते हैं और हम रखना चाहते हैं आ, नेम टेबल में नेम को अलग रखना चाहते हैं और सिटी को अलग रखना चाहते हैं नेम अलग एंड सिटी अलग तो इंसर्ट में हम जाते हैं और नहीं इंसर्ट माफ कीजिएगा डिजाइन में जाते हैं पीवर टेबल लेआउट के अंदर यहां दिखेगा आपको शो इन टेबलेट फॉर्म या और फॉर्म दो ले सकते हैं तो इस तरह से अलग अलग आ गया अब इसमें देखिए हर किसी का टोटल यहाँ दिख रहा है मुझे टोटल नहीं रखने तो राइट क्लिक किया और यहाँ से सब टोटल पर चेक कर दिया अब मुझे क्या करना है कि इनको यहाँ रिपीट करना है ऐसे देख लीजिए जब इसको कॉपी करके कहीं और ले जाएंगे तो वहाँ फिल्टर वगैरह नहीं होगा जब तो फिल्टर वगैरह नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्या करें इसके लिए तो इसके लिए हम यहीं पर जहां पे रिपोर्ट लेआउट लिए थे इसी में हमारा रिपीट ऑल आइटम लेबल रिपीट हो जाता है मुझे रिपीट के बाद एक ब्लैंक रो छोड़ने हैं इसी में आपको या ब्लैंक में इंसर्ट ब्लैंक आफ्टर इच आइटम तो हर आइटम के पास एक ब्लैंक रो आ मुझे ये सब रिमूव करने हैं यहां से आप रिमूव कर दें और यहां से डू नॉट रिपीट आइटम लेवल कर दें ये आपका रिपीट नहीं होगा मैं चाहता हूं इनको मर्ज करना इसको सिलेक्ट करके मर्ज करना बट डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकता तो राइट क्लिक करके मैं पिबट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा यहां मॉर्च एंड सेंटर विथ लेबल आपको स्टिक दिखेगा तो मॉर्च एंड सेंटर पे क्लिक करके ओके कर दें तो देखिए आपके मर्ज हो गया इस तरह से इसको मर्ज किया जा सकता है एक चीज और भी है जैसे अब मान लीजिए कि कविता ने नोएडा में 3095 का सेल किया मुझे आइडिया नहीं कि ये सेल कैसे आया तो यू जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस आप इस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे एक नई सीट में कविता नोएडा का पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होकर आ जाएगा जस्ट डबल क्लिक मैं चाहता हूं कि ये फीचर चले क्योंकि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने का आदत होता है जहला डबल क्लिक करते रहते हैं तो यहाँ पे हम फीबल टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर हमारा पास नहीं डिस्प्ले नहीं माफ़ कीजिएगा डेटा डेटा के अंदर जाएंगे और अनेबल शो डिटेल्स अनेबल शो डिटेल्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे अब मैं कहीं भी डबल क्लिक करूँगा तो डबल क्लिक नहीं होगा अब बात करते हैं ग्रुपिंग की तो एक काम करता हूँ मैं को यहाँ से हटा देता हूँ नैन हाँ हटा देता हूँ पास यहाँ पे सिटी सेल्स रिपोर्ट है। आप देख तो हम नोएडा को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ न्यू दिल्ली को सिलेक्ट करते हैं फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ प्यल ऑफर टेबल ऑप्शन नहीं यहां ग्रुप होता है इस ग्रुप पे क्लिक तो ग्रुप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सिटी टू और सिटी आ गए और यहाँ पे ग्रुप वन आ गया और बाकी नोएडा नोएडा दो बार लिखा आ रहा है तो आप इस टोटल को यहाँ से रिमूव कर सकते हो अगर चाहो तो टोटल रिमूव हो गया और ये जो सिटी दोबारा आ रहा है इसको रखना है तो ठीक है न रखना है तो आप से सिटी को रिमूव कर दे अब ग्रुप वन सही तो नहीं दिख रहा है तो इस ग्रुप वन के जगह पर आप यहाँ चेंज कर दे देखिए आप जो है वैल्यू जो वैल्यू फील्ड में होता है ना जिसकी टोटलिंग होती है उसको चेंज छोड़ के किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो जैसे हम यहां पे दिल्ली एंड एनसीआर एं, एं, दिल्ली एंड एनसीआर एं, पे हमने किया और ये आपका यहां देखिए तो टोटल तो इस तरह से हम इसका ग्रुप कर सकते हैं टेक्स्ट का लेकिन मुझे अपने नंबर का ग्रुप करना मुझे पता करना है कि किस रेंज की ऑर्डर पे कितना सेल हुआ जैसे देखिए यहाँ पे आ गया लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा मैंने इससे पहले इस पर कर दिया था इसलिए आ रहा है तो मैंने क्वांटिटी को इस पे रखा तो रखते हैं आपको देखिए यहाँ पर इस तरह के नंबर आ गए लेकिन इस नंबर दस दस में इतना हुआ है ग्यारह क्वान्टिटी इतना हुआ मैं एक ग्रुप चाहता हूँ कि दस से बीस बीस से तीस जैसे भी पहले था तो मैं राइट क्लिक करके जाऊंगा ग्रुप पे और यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आपके डेटा के अकॉर्डिंग आ जाएंगे बट यू कैन चेंज हेयर आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं और यहाँ दस का ग्रुप चाहिए बीस का ग्रुप चाहिए सौ का हजार दो हजार बीस हजार जो भी ग्रुप चाहिए एज पर ये डेटा आप यहाँ डाल सकते हैं ये आपके सामने ग्रुप आ गया दस से उन्नीस बीस से उनतीस तीस से उनचालीस चालीस से उनचालीस इस तरह से आपके आ अगर हम इसी इसमें ग्रुप में हम डेट की ग्रुप करें हमने यहाँ डेट को रख दिया तो डेट रखते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ग्रुप में आ जाता है मैं राइट क्लिक करके पहले भी इसको अनग्रुप कर देता हूँ मुझे ग्रुप जो करना है कि मंथ वाइज ग्रुप करना है इसके बाद ग्रुप करना है मंथ वाइज तो मैं अभी ध्यान रखिएगा मंथ वाइज ग्रुप तभी होगा या कोई भी ग्रुपिंग तभी होगा कि डेटा में कोई ब्लैंक ना अगर यहाँ पे तो कोई ब्लैंक आया कोई करेक्टर आया तो फिर ग्रुप नहीं होगा आपका फिर इस पर हम राइट right क्लिक करके हम करते हैं ग्रुप ग्रुप में यहाँ देखिए तीन चीजें हैं। तीन चीजें हैं सेकेंड मिनट आवर डेज मंथ क्वार्टर ईयर मंथली चाहिए मंथ को सेलेक्ट किया मंथली हो गया मैं चाहता हूँ कि मंथली और क्वार्टरली चाहिए तो ग्रुप में मंथ क्वार्टरली माफर चाहिए मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं ईयर को फिल्टर में रख देता हूँ तो यहाँ से ईयरली फ़िल्टर कर सकते हैं फिल्टर में ना रखना चाहो तो आप उठा कर कॉलम्स में रख दो तो इस तरह से कॉलम वाइज तो आपका ईयरली कॉलम वाइज आ जाएगा तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट आपके कस्टमराइजेशन को तैयार कर सकते हैं लेकिन मुझे ईयर वाइज़ नहीं मुझे डेज वाइज मुझे पंद्रह पंद्रह दिन का ग्रुप चाहिए तो ग्रुप पर गए और यहाँ हम जो है इसको मंथ यहाँ से हटा देते हैं सारा हटाना पड़ेगा डेज को सिलेक्ट किया और डेज में यहां जो रहा है इस पे हमने 15 15 15 डेज डेज का डाल दिया और फिर इसको ओके करते हैं ये देखिए की ग्रुपिंग हो गई ये हमारा ग्रुपिंग का पार्ट है अब सॉर्ट अगर इसमें भी करना है तो राइट क्लिक करके जनजसली सॉर्ट कर दीजिए सॉर्ट सकते हैं जिसमें क्लिक करेंगे वो फिल्टर इसमें दो तरह के तीन तरह के फिल्टर होते हैं रो कॉलम एंड पेज फिल्टर आपको रो फिल्टर लगाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप रो फिल्टर लगा सकते हो कि आपको क्या क्या, क्या चाहिए कॉलम फिल्टर में आप यहाँ से कॉलम फिल्टर लगा सकते हो कि क्या कौन कौन से कॉलम चाहिए कौन कॉलम नहीं चाहिए और पेज फिल्टर में यहाँ फिल्टर ऊपर आता है जो कि पूरी की पूरी रिपोर्ट को फिल्टर करता है जैसे कि मैं नेम को उठा के रख दिया और यहाँ पर हम जैसे मनीष को सेलेक्ट किया तो देखिए मनीष आप पूरी पूरी रिपोर्ट मनीष की है तो आपकी पेज फिल्टर होता है फिल्टर के बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन की अब वापस हम एक बार डेटा पे आते हैं मैं डिलीट किया अब मान लीजिए ये आपका अमाउंट है ये अमाउंट ना हो होके ये हमारा एमआरपी हुआ अब क्वांटिटी और एम है अब इसमें हमारा अमाउंट नहीं है तो अब मान लीजिए जब हम इस पर पीबत लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी एक बार इसको रिफ्रेश कर देते अब मान लीजिए कि मुझे आ, किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी एक एम आर पी आएगी यहाँ कितनी क्वांटिटी किस रेट में की है तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी का फिर तो काउंट की जगह पर यहाँ पे, पे सम कर देते और जो हमारा एम है MRP के जग को हम एवरेज कर देते हैं और फिर इसको है यहां से हम से चेंज कर देते हैं या नहीं भी कर सकते आपके डिपेंड करता है अब मुझे यहां इसका टोटल अमाउंट चाहिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम हम मैनुअल नहीं करना चाहते हैं चीज आप यहां कर सकते हैं कहाबल एनलाइज के अंदर फिल्ड आइटम सेट इसी के अंदर आता है कैलकुलेटेड फील्ड इस कैलकुलेटेड फील्ड को क्लिक करें और यहां पे हमने आ दिया टोटल और इस टोटल पे हमने यहां क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर एंड ओके कर देते हैं राइट और टोटल यहाँ पे आया नहीं है क्लिक करते हैं टोटल आपका आ जाएगा सम ऑफ़ द टोटल है यहाँ पे लेकिन इसमें फिर जीरो दो आ रहा है एक मिनट right? हम यहाँ आते हैं प्रोडक्ट हैं ना नहीं प्रोडक्ट बीप नहीं प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट तो ये है ना कि प्रोडक्ट फोड़ है नहीं नहीं आप एक मिनट वहीं पे जाइयो ये ठीक लग रहा है एक बार इसको बंद करके ओ मैंने स्पेस डाल दिया था ओके एक मिनट आप आप नीचे जाएं टोटल में एक मिनट नीचे इसमें एक रेस्ट इस नहीं सीट लेते है। अब यहाँ पे तो � अब यहाँ पे हमने मेम ले लिया क्वान्टिटी एंड एम आर और एम आर को हम कर देते हैं yeah, उसके बाद यहाँ जाते हैं फील्डिड फील्ड में यहाँ हम देते हैं टोटल और टोटल में यहाँ हम देते हैं क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई एम आर पी एड राइट आगे यहां पे टोटल अब मान लीजिए मुझे इसमें इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है किसने कितना परसेंट अपना योगदान दिया है तो मैं टोटल को उठाकर एक बार और इसमें रख देता हूं अब क्या है कि आप वैल्यू ऐसा ही फील्ड है जिसमें एक फीचर एक चीज को दो बार रख सकते हैं एक ही फील्ड को टू टाइम यहां पर रख सकते हैं ठीक है और उसके बाद यहां हम इस पर डबल क्लिक करें या फिर आप यहां पे करते हैं ना टोटल वैल्यूफुल सेटिंग में जहां पे हम सम लेते हैं उसी के बगल में कैलकुलेटेड फील्ड आपको देखेगा इसमें कैल कैलकुलेशन no के जगह पे हमने बोल दिया परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल ओके आपके कंट्रीब्यूशन ओके okay? तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको पता करना है कि है है है कि आ, कि कि कि कितनी हुई इसी में में में आप चले लिस्ट बता देगा हमने क्या-क्या किया इसमें भी हो सकता अगर नंबर्स ना रहे मतलब जैसे आप एक मिनट वहां जाएंगे तो तो उसमे yes no तो उस भी लगाया जा सकता है बिकॉज हम जब यहाँ पे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना हाँ, इसी की बात कर रहे हैं इसमें आपको जो है है टेक्स्ट नहीं आएगा आएगा सिर्फ नंबर ओ ठीक लेकिन आप टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कस, कंडीशनल कस्टम क्या बोलते हैं इसको कस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं वो किस तरीके से करेंगे तो है? आ, डेटा है डेटा hmm. में हमने यहाँ पे नाम कुछ दे पे डेट डाल hmm. देता हो गया राइट right? हम्म hmm. और यहां जैसे आपने बोला कि मान लीजिए लॉगिन है या नहीं ठीक है ना लॉगिन स्टेटस स्टेटस तो आप बोलते हैं मैं यहां लगाना चाहता हूं राइट यस एंड नो लगाना चाहता हूं यस एंड नो, नो तो अब यहां लीजिए कि अगर इसमें पी आप, इस आप लगाते तो Pivot में आप एक बोल सकते हैं कि पर्सन ने किस डेट को लॉग इन किया है नहीं किया तो यस एंड नो का यहाँ पे काउंट आएगा आता यहाँ पे आपको यस एंड नो चाहिए राइट ये बोले ना आप इसके लिए आपको क्या करना होगा अपने डेटा में एक कॉलम ऐड कर लीजिए अच्छा और यहाँ पे आप जो इफ कंडीशन या किसी भी माध्यम से दे दीजिए कि भाई यस एंड यहाँ पे एको, एको, अगर इक्वल टू यस है तो वन नहीं तो जीरो नहीं तो जीरो आप इसको सिलेक्ट करें इंसर्ट में पेपर टेबल में जाए नेम को रखा एंड डेट को रखा और लॉग इन स्टेटस को मैंने यहां रखा और यहाँ ध्यान रखिएगा सम आना चाहिए हम्म और जो ब्लैंक आ रहा है जहां पर ब्लैंक है सब पे मैंने विंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हमने यहां पे जीरो कर दिया राइट right? जीरो आ गया राइट right. आप कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से आप क्या करें फॉर्मेट <coughs> सेल पे जाए कस्टम शॉर्ट कस्टम और यहाँ पे इन्वर्टेड कमा में पी देमी कलम और फिर यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे एक और सेमी दे और फिर यहां पी एन दे तो पहला पोजिशन होता है पॉजिटिव के लिए दूसरा होता है निगेटिव के लिए और तीसरा होता है जीरो के लिए यहाँ तो निगेटिव तो है नहीं, नहीं। तो यहाँ पे आप बोलते हैं यस एंड नो ना आपको ऐसा तो यहाँ पे पी के जगह में यस कर देता हूं और ए के जगह इसका इसका हम लोग अटेंडेंस भी करते हैं right. okay. hmm. तो right. तो तो नो तो आ गया नहीं एक एक तो सॉरी बीच में ये आ गया था ना सेमी कॉलम के जगह पेमी कॉलम के जगह पे सेमी कॉलम कॉलन डल गई थी गलती हो गया ये दो बार सेमी कॉलन लगाने। हाँ। क्योंकि अच्छा। पोजीशन होते है ना आपका जीरो दूसरा पार्ट तो है नहीं मेरे पास राइट तो मैं ब्लैंक छोड़ दिया और तीसरा पार्ट डाल दिया ठीक ठीक है हुँ हुँ। तो है है है कि आपका यस यस लेकिन नो विजुअल में तो तो जीरो तो देखिए नहीं जस्ट तो मतलब शो दिस रिपोर्ट टू द सीनियर्स हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं भाई है। ये, ये हाँ जी